दोस्तों दोस्तों आपके साथ भी जिंदगी में कभी ऐसा मुकाम आया होगा कि आपको फील हुआ होगा की आपका होना या ना होना कुछ फर्क नहीं पड़ता आप इस दुनिया में आए किस लिए बहुत पड़ता है। एक छोटे से छोटे पत्ते से भी इस दुनिया को बहुत फर्क पड़ता है सिर्फ पहचानना आपने अपने आप को है, है आपको एक कहानी सुना रहा हूँ जंगल में एक तालाब था तालाब के किनारे एक बाग था। बाग था में सुंदर सुंदर पेड़ पौधे और तरह तरह के फूल थे उन फूलों को देखकर हर आदमी उनकी तारीफ करता था उन पौधों को देखकर उनकी तारीफ करता, उन देख कर करता था उसी में फूलों पर एक गुलाब का फूल जो था उसके ऊपर एक पत्ता था उस पत्ते की कोई तारीफ नहीं करता था वो पत्ता मन ही मन अपने आप को सोचता कि मैं इस दुनिया में आया किस लिए हूं। एक दिन बहुत जोर की आंधी आती है और उस जोर की आंधी में सभी फूल सभी पौधे पेड़ सभी पुरने लगते हैं नेचुरली वो पत्ता भी टूटकर उड़ जाता है और वो भी तालाब में जाकर गिरता है तालाब में जब गिरता है वो तो एक छोटी सी चिंटी दिखाई देती है छोटी सी जब चिंटी उसे दिखाई देती है तो चिंटी से वो बोलता है कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं चिंटी पहले तो उसकी तरफ देखती है फिर कहती है हाँ क्यों नहीं आओ बल्कि मुझे तो इस समय जरूरत है चींटी रेंग रेंग कर उस पर चढ़ जाती है और वो पत्ता तैरता तैरता उसे किनारे पर पहुंचा देता है किनारे पर पहुंचा देता है तो इस प्रकार की जान बच जाती है और चींटी उसे थैंक्स कहती है पत्ता कहता है थैंक्स तो मुझे आपको करना चाहिए कि आज मैं अपने अस्तित्व को पहचान पाया मुझे पता चल पाया कि मेरे अंदर क्या, क्या खूबी है मैं भी किसी के काम आ सकता हूं। खुदा ने हर सबको काबिलियत बख्शी है आप कोई भी निराश मत मतों सभी का इस जिंदगी में कोई ना कोई कार्य है और ऊपर वाले ने सभी को कुछ ना कुछ खासियत बख्श कर ही इस दुनिया में भेजा है